महाशिवरात्रि 2023 में आपका स्वागत है इस पवित्र रात में अगर आप जागते रहें और थोड़ी सी भी जागरूकता बनाए रखें तो ये आपके जीवन में ढेर सारी खुशहाली लेकर आएगी इस महाशिवरात्रि प्राप्त करें रुद्राक्ष दीक्षा एक विशेष रूप से ऊर्जावित रुद्राक्ष जिसे निशुल्क आपके घर तक पहुंचाया जाएगा ये सिर्फ जागते रहने की रात नहीं है इसे आप में से हर एक के लिए जागृति की एक रात बन जाना चाहिए